ओ बेटा किधर? नहीं नहीं जी जी मैं मैं मैं ये बस स्कूल जा रहा था। ओके चल हॉस्पिटल जाते हुए तुझे उधर छोड़ दूंगा। नहीं पापा जी मैं खुद चला तुमने इतने देर क्यों किया? तुम जानते हो ना आज हमारा फर्स्ट डेट है नहीं नहीं, नहीं पापा जी वजह से लेट हो गया अरे ये कौन आ रहा है अरे पप्पा जी आप